एनसीसी का फायदा युवाओं को जीवन में हर क्षेत्र में मिलता है और एनसीसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद इनके बेनिफिट लिस्ट और भी बढ़ जाती है यदि आप तो आपको क्या लाभ मिल सकता है सी सर्टिफिकेट एनसीसी ट्रेनिंग का सबसे मेन सर्टिफिकेट होता है जिन कैंडिडेट के, के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है उनके लिए भारत के तीनों सेनाओं में जाने के लिए एक विशेष एडवांटेज मिलता है एनसीसी सर्टिफिकेट हर को पैरामिलिटिक ISF के सभी परीक्षा में दस अंक का बोनस मिलता है सर्टिफिकेट होने पर कैरेट्स को आर्मी की में 10 से एर, से 15 अंक सेलर एयरमैन 6 अधिकारी बनने का मौका दिया जाता है के सभी एंसीज में समाज सेवा अनुशासन चरित्र निर्माण परिश्रम की सीख दी जाती है और